इस वेबसाइट पे मुझे ऑटोमेटिक व्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरी अर्निंग भी बढ़ रही है तो यहाँ पे अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो वेबसाइट बताई थी उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जो व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे आस्था आस्ता आज की वीडियो में मैं आपको व्यूज बढ़ा के दिखाऊंगा तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी मैं वेबसाइट की तरफ चलता हूं तो यहां पे आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आ जाना है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने इस वेबसाइट पे किस तरह आना है तो सबसे पहले इसका काम देख लेके क्या है यहां पे आपने क्या करना है कि ब्लॉगर का नीम दे देना है और नीचे आपने ब्लॉगर होम पे जो है उसका अपने लिंक उठा के यहाँ पे पेश कर देना है मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा की आप पोस्ट का लिंक लगाए ताकि आपको पूरी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक आए अभी ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपने अपने ब्लॉगर पर चला जाना है तो मैं अभी अपने ब्लॉगर पर जाता हूँ जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है की जोन सी पोस्ट में आपने लगाना है उस पोस्ट को आपने ओपन कर लेना है फर्ज से कहना की ये वाली मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसको मैं ओपन करूंगा ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका जो लिंक है ऊपर से आपने कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट में आना है वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि कर यहाँ पे एक दफा ध्यान से देख ले ब्लॉगर होम पेज यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है इसको आपने सेलेक्ट करना है पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लॉगर का नेम देना है आपने तो यहाँ पे अभी मैं दे लेता हूँ यहाँ पे आपने क्या करना है की मैंने पहले से दिया हुआ था तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपने जॉनसी सी वेबसाइट में बैक लिंक बनाने हैं वहां पे आपने टिक कर देना है और यहाँ पे ऊपर देखें तो सिलेक्ट आल मैंने किए हुए हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका टिक का निशान लगा होना चाहिए तो यहाँ पे आपने मेक पिंग पे क्लिक करना है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिंग लग जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये परसेंटेज है हो, होनी शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे जब हंड्रेड हो जाएगी तो हमारी सारी ये लग जाएगी ठीक है लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा की आपने ये किस तरह इसको ओपन करके तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे किस किस वेबसाइट पे हमारे जो लगे हैं तो यहाँ पे जिसपे ये थैंक्स लिखा आ रहा है सक्सेसफुल लिखा आ रहा है इसमें हमारी ये सेंड हो चुके हैं और यहाँ पे जो रेड रेड है इसमें नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है अगर किसी किसी में नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है ठीक है तो अभी कुछ देर में वेट करता हूँ यहाँ पे हमारी सारी सेंड हो चुकी है सेंड होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर जाना है ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके आल पिंग हैज बिन सेंड यहाँ पे सेंड हो चुकी है, तो यहाँ पे 100 परसेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आपने ये लगातार 15 से 20 दिन करना है और यहाँ पे आपने पांच पोस्ट पे इस तरह काम करना है डेली पांच पोस्ट पे इस तरह करेंगे तो आपकी आस्था आसा जो है ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाएगी और अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने इस वेबसाइट पे किस तरह आना है तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर आना है यहाँ पे आपको चार आइकन नजर आ रहे हैं आपने इस पे क्लिक करना है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी इसमें आने के बाद आपने सर्च पे आपने क्लिक कर देना है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर एड शो हो तो आपने उसको क्लोज कर देना यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एड शो हो चुका है इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आपने लिखना है टोटल पिंग यहाँ पे मैं लिख दे हूँ यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक कर देना है सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोस्ट आएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट आ चुकी है इस पे, आपने कर है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आपने थोड़ा सा जाना है यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है अगर आपके सामने लिंक ओपन ना हो तो आपने क्या करना ये वाली वीडियो देख लेनी इसमें ए टू जी आपको बताया किस तरह लिंक ओपन करना है मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब का मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग।